प्यार मेरा दीवाना भूल कोई हमसे न हो जाए और जिस दीवाने पन ऐसी माँ बाप को तकलीफ पहुँचे ना वो मोहब्बत ही बार में जाए प्यार मेरा दीवाना